धड़के तेरे बिना दिल को मैंने दी कसम धड़के तेरे बिना धड़के तो सारी जिंदगी धड़के तो सारी जिंदगी धड़के तेरे बिना